छठ मैयाबाई लहू पसारे हवा स चल के आएंगे छपड़ा छठ मनाएंगे ठीक है पहला पर्व पा उठाएंगे छपड़ा छठ मनाएंगे ठीक है